Hello कार लेकिन नहीं मिला को प्यार मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ मेरे यार अब क्या बताऊ उसके बारे में वो लड़की है जहा मुझकोली नजर में काले लंबे लंबे काले मेरी क्रस के बाल देखो। में गोरी और गोरे उसके काल देखो आती मेरे सामने फिर चिलका मेरे हाल देखो सितोट माये लवि आजमा के देखो चाहता हूँ तुझे और कुछ नहीं चाहिए ये बात बोल ना पाया पर तुझे है बतानी तेरी सहेलियों को तो मैं बोल बोल के थक गया पर तुझे कैसे बोलूं डर लगता मुझे जानी कहानी मेरे बारे में तुझे पता होगा तुझे चाहता हूं मैं तुझे यह भी पता होगा फिर ये क्यों तेरे मेरे बीच इतना फासला है इसका जवाब बता जिसको पता होगा हां इसका जवाब बता किसको पता होगा? बेकार है पैसे की कमी नहीं पॉकेट में हजार है और क्या चाहे तुझे एक बार बता दे मुझे ना दिलाया तो फिर ये बंदा ही बेकार है रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है क्योंकि मुझे तेरी याद हर वक्त आती है सपनों में भी तू कहा से आ जाती है आई वड़ा अक्स क्या तू भी मुझे चाहती है क्या तेरा कोई और बॉयफ्रेंड है अगर ऐसा हुआ तो फिर लाइफ एंड है है हेटी तेरे बिन मुझको है ये मर जाऊं जाऊं मैं मर जाऊंगा तेरे बिन कभी भी मैं जी ना पाऊंगा बाहों में होगी